नाम क्या नाम है आपका मेरा क्या नाम है आपका मंगरू मंगरू जी इस लॉकडाउन में जैसे काफी सारे लोगों की नौकरियां चली गई हैं है घर में खाने को नहीं है घर नहीं चल पा रहे तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे जी मैं लोगों की बात क्या करूं मेरा खुद का बिजनेस ठप हो गया रुको जरा सबर करो आप क्या काम कर थे आप हमारा बसों में काम था आपने खुल के नहीं बताया क्या काम करते जेब कतरे थे हम